और ना मिले गम मोहब्बत में तो फिर क्या ही मोहब्बत है ना मिले गम मोहब्बत में तो फिर क्या ही मोहब्बत है मोहब्बत है तो मोहब्बत में नुकसान भी होना चाहिए